जय माता दोस्तों सभी दोस्तों को नाम दोस्तों अपनी कल की गेम में पिचहत्तर और अठा ग्रुप दोनों पास होगा सीधे सीधे पास है कोई अलट कुछ नहीं सीधे सीधे पास है और तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों से आगे को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करो शेयर करो आज की अपनी सिंगर रहेगी उन्नीस सिंगल उन्नीस रहेगी और इसके साथ रहेगी क्या उन्नीस अपनी रेंज जोड़ी में रहेगी छियालीस छियानवे बीस पच्चीस अपनी स्पोर्ट जोड़ी रहेगी दोस्तों सत्तर बारह सत्रह छब्बीस वीडियो को शेयर करो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो ग्लास्ट जोड़ी रहेगी अब करते हैं दोस्तों पकड़ जोड़ी की बात अपनी पकड़ जोड़ी रहेगी चौतीस बालीस इकतालीस अपनी पकड़ जोड़ी रहेगी दोस्तों चैनल को को तो सब्सक्राइब करो करो करो तो दोस्तों शेयर तो लाइक और अपना हरूफ रहेगा और किसी भाई ने अपना प्रचार देना हो या ऑनलाइन गेम लगानी हो तो ये अपने ऑनलाइन ड्राइवर का नंबर है 804 सौ छठ सात मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकता है जय माता